कृषि मंत्री कमल पटेल ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर हरदा में आयोजित क्रिकेट मैत्री मैच में जमकर चौके छक्के लगाए मंत्री पटेल ने खिलाड़ियों को खेल किट दिया मैच प्रशासनिक अधिकारियों और पत्रकारों के बीच खेला गया इस दौरान कमल पटेल ने बच्चों की रस्सा कशी प्रतियोगिता का आनंद उठाया और बच्चों की हौसला अफजाई की मध्य प्रदेश के सड़सठवे स्थापना दिवस के मौके पर हरदा के स्थानीय स्टेडियम में क्रिकेट मैत्री मैच का आयोजन किया गया यह क्रिकेट मैच अधिकारियों और पत्रकारों के बीच खेला गया इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल खिलाड़ियों के बीच पहुंचे उन्होंने दोनों खिलाड़ियों का परिचय लिया मंत्री पटेल ने खिलाड़ियों को खेल किट भी प्रदान किए खेल का लुफ्त उठाते हुए कमल पटेल ने खेल मैदान पर पहुंच कर छक्के जड़े के बाद मंत्री पटेल ने स्टेडियम में आयोजित बच्चों की रस्सा कशी प्रतियोगिता का आनंद उठाते हुए हौसला अफजाई की आयोजन में जिला कलेक्टर एसपी समेत जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी और मीडिया के लोग मौजूद रहे